ने यह पहले ही सीट पकड़ के बैठ जाता है इसको पता है वो आके बैठेगा और मैं साला पैन नहीं है मेरे पास वरना साले कबूतर बना देता तेरा तो जमा डर लग रहा मेरे को तो ओ यार भाई ये बंदा एडब्ल्यू वाला मुझे परेशान कर ही रहा था यार अबे यार ये देखो चले कॉन्फिग लगा लगा के बैठे हुए सारे के सारे बंदे भाई सब बंदे कॉन्फिग से मार रहे हैं एडब्ल्यू में कॉन्फिग लगा रखा है